बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में चल रही है जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं इस दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल भी एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है वहीं बीजेपी इस बैठक में राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में चेहरा बदलने का विचार कर सकती है बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेपी नड्डा का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है बैठक के दूसरे दिन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक्सटेंशन आरोप मोहर लगा दी गई है नड्डा दो हजार बीजेपी के अध्यक्ष है वही पार्टी हित के लिए कई बड़े काम नड्डा ने किए हैं बीजेपी ने चुनाव के लिए कम समय होने की वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा नहीं बदला और एक बार फिर नड्डा को अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल गई है आगे अब नड्डा के पास लोकसभा और विधानसभा के चुनावों की जिम्मेदारी है कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर कई बड़े राज्यों के सीएम फेस और अध्यक्ष बदल सकती है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं